हेलो फ्रेंड्स तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से समग्र आईडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जाने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें हाँ तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से क्रोम या गूगल कोच भी खोल लेने का फिर उस पर फिर उस पर सर्च मारिए एस एस एम आई एस एस एम आईडी सर्च मारने के बाद सबसे पहले आप ऊपर वाले बटन पर क्लिक कीजिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन समग्र सोशल सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुलेगा पोर्टल ये खुलने के बाद आप नीचे जाइए फिर उसके बाद समग्र आईडी डी समग्र आईडी जानने जाने में फिर परिवार आईडी पे क्लिक कीजिए समग्र आईडी जानने के बाद परिवार आईडी से क्लिक करें तो हमारे सामने खुल चुका है परिवार आईडी डी पे अपना परिवार आईडी डालें मेरा परिवार आईडी डी है तो ये डालने के बाद फिर ये जो कैप्चा है ये ये करने करने के के बाद बाद फिर देखें पे क्लिक की। क्लिक कीजिए देखिए मेरा जो कि खुल चुका है अगर आप इससे लोड करके रखना चाहते हैं अपने मोबाइल पे तो प्रिंट बटन पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपका समग्र आई डाउनलोड हो जाएगा